हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह तहो फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में अल्लाह ने किसी भी अमर खैर को छोड़ा नहीं है सारी खैर उसका खुलासा बतौर हुक्म हमें शाद फरमा दिया और फिर फरमाया कि अल्लाह तला जल्ला शादू ने किसी बुराई को नहीं छोड़ा जिससे हमें मना न कर दिया इबन आशूर ने लिखा है कि जितने भी मफासद हैं जितने भी गुनाह हैं उन गुनाह की जड़ ये तीन चीजें हैं बेहयाई मुनकर और बाघ और इन तीन चीजों से मना करके गोया सारा रास्ता बंद कर दिया गया गुनाह का और बुराई का और तीन चीजों का हुक्म देकर के खैर के सारे रास्ते खोल दिए गए तो इसी एक आयते करीमा पे अगर अमल नसीब हो जाए तो पूरे दिन की लताफते और बरकते नसीब होना शुरू हो जाए तो तीन चीज़ों का हुक्म दिया करने का इन अल्लाह बिल अदल बेशक अल्लाह अदल का हुक्म देता है इंसाफ का हुक्म देता है अगर तुम नजात पाना चाहते हो तो गुस्से के अंदर भी और सरशारी के अंदर भी तुम्हें अदल से इंसाफ से काम लेना पड़ेगा तो हमारा दिन हमें अदल से खाता है और क्यामत के दिन सात अशास जिनको अल्लाह अपने अरश का ठंडा सायाता फरमाएगा उनमें से पहला शख्स हुजूर ने शार फरमाया इमाम वो शख्स जो अदलो इंसाफ करता है वो इमाम वो हाकिम जो अदल से उमूर सल्तनत निभाता है कल क्यामत का दिन होगा कोई साया नहीं होगा अल्लाह उससे अपने अर्श का ठंडा साया नसीब था रिवायत में आता है कि क्यामत के दिन जो बादशाह होंगे हुक्मरान होंगे उनके हाथों में हथकड़ियाँ होंगे और उनको मैदान हशर में लाया जाएगा अगर उन्होंने अदल किया होगा तो वो हथकड़ियाँ टूट जाएंगी और उन्हें जन्नत भेज दिया जाएगा और अगर उन्होंने अदलो इन नहीं किया होगा तो उन हथकड़ियों के साथ उनको जहनम में धकेल दिया जाएगा हमें अदल करने की तलकीन की गई मुल्कों के अंदर तमानियत सुकून और करार अदल के जरिए से आता है एक अरबी का मकूला है अलमुल्को यदूम बिलकुफ वला यदूम बुल्म कुफर के साथ तो कायम रह सकते हैं लेकिन जुल्म के साथ कायम नहीं रह सकते ने अदल के हवाले से ये बात भी लिखी है कि इसका मतलब अल्लाह ने हमारे ऊपर जो भी फरीजा आयद किया है उसको पूरा करना ये अदल कहलाता है लोगों की अमानत को अदा करना ये अदल कहलाता है म को तर्क करना और इंसाफ का बोल बाला अदल कहलाता है इस अदल से मुराद साहिब हक को हक देना है जिसका जो हक है उसको देना ये अदल कहलाता है अल्लाह जो हमें अदल का हुक्म देता है इसका मतलब है हमारे जुम्मे जिसका हक है हमारे बाप का है हमारी औलाद का है हमारी अजवाज का है हमारे अहल खाना का है हमारे हमसायों का है दोस्तों का है जिसका भी हक हमारे जुम्मे है बल्कि फरमाया कि तेरे नफ्स का तेरे ऊपर हक है हदीस तवील है कि अलैहि ने फरमाया का अलैका और तेरे अहल का तेरे ऊपर है एक हदीस के लफ्स हैं वाले का अल का हक और तेरी बीवी का तेरे ऊपर है फाते हक हक हर साहब हक को तू अदा करना होगा तो जिसका हमारे जुम्मे हक है जब हम वो अदा करने लग जाएंगे तो ये अदल क़ायम होगा और अदल क़ायम होगा तो पर सुकून हो जाएगा